प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह भारत अशोक स्तंभ टर्की चांद तारा डेनमार्क समुद्री तट नार्वे शेर बांग्लादेश वाटर लिली फ्रांस लिली नीदरलैंड शेर ईरान गुलाब का फूल यूके गुलाब का फूल स्पेन ईगल यूएसए गोल्डन रॉड जापान गुलदाउदी, इटली सफेद लिली कनाडा मेपल लीफ ऑस्ट्रेलिया बेटल रूस डबल हेडेड ईगल न्यूजीलैंड कीबी वर्ड